भारत के दिल में बसे हुए मध्य प्रदेश का एक छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान जिसे अक्सर के के सबसे अधिक घनत्व लिए जाना जाता है। की स्थापना सन उन्नीस सौ अड़सठ में हुई थी इससे पूर्व बांधवगढ़ का इस्तेमाल केवल एक शिकार गाह की भांति ही किया जाता रहा है बांधवगढ़ की भौगोलिक स्थिति लगभग 1536 वर्ग किलोमीटर की है बांधोगढ़ के तीन जोन जैसे मगधी खितौली और ताला है इन्हीं तीन जोन में शेरों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा देखी गई केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे पहले सफ़ेद शेर मोहन बांधोगढ़ में ही देखा गया था वह दौर था सन उन्नीस का जब रिवर रियासत के राजा महाराजा मारतंड सिंह थे और उन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार सफेद शेर देखा गया था शेरों के इतिहास की जब भी हम बात करेंगे तो शेरनी सीता की बात अवश्य की जाएगी और सीता को पांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की कुल देवी कहा जाता है सीता के ही कुंबे से आज पांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को शेरों के सबसे अधिक घनत्व का दर्जा दिया गया है और इसमें इसका साथ दिया शेर चार्जर ने इसके अलावा बीटू सुंदर अन्य भी कई शेर हुए हैं जिन्होंने अपने कुनबों से बांधवगढ़ की धरोहर को संभाल कर रखा हुआ है वर्तमान में बांधोगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की संख्या लगभग 120 से 125 है और यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 124 सौ शेरों से कितना अधिक घनत्व तो है शेरों का जब भी हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी के लिए जाते हैं तो शेरों के साथ सांभर एशियाई भालू चिंकारा तेंदुआ चौसिंगा जंगली भैंसे नील गाय जंगली कुत्ते और धब्बेदार हिरणों को आसानी से देखा जा सकता है बांधोगढ़ में पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से प्रमुख जैसे गिद्ध गरुण कटफोड़वा नीलकंठ आदि प्रजातियां हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वन विभाग के द्वारा चलाई जा रही वन्य प्राणियों की संरक्षण की योजनाओं के योजनाकर्ताओं एवं वन विभाग का जिनकी असीम मेहनत की वजह से हमारे वन्य जीवन की धरोहरें आज भी सुरक्षित हैं और उनकी संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है और मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूँ बांधव राष्ट्रीय उद्यान के अंचलों में बसे उन ग्रामवासियों का जिन्होंने अपनी धरोहर को बचाने की अपना घर अपना बसेरा छोड़कर किसी अन्य सुरक्षित क्षेत्र में अपना बसेरा बना लिया हम आगे भी राष्ट्रीय उद्यानों के इतिहासों के बारे में बातें करते रहेंगे अपनी धरोहरों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे तब तक, तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं धन्यवाद